ए सी साहब के पास आया था कल मैंने धरना इसलिए दिया था कि मेरे क्षेत्र की आज करीब आज से आठ दिन पहले का लाइट काट दी गई है तो मैं ए साहब से मिला उनसे कहा कि भाई जो विधिवत जो बिल है वो हम भरने के लिए तैयार हैं हमारी लाइट जुड़ जाए यदि नहीं जुड़ते हो नहीं हमारी नहीं सुनते हो सात दिन के अंदर मैं कलेक्टर के सामने धरना दूंगा जब तक मेरी समस्या नहीं होगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा